आपकी लाइफ एवरेज होती है उन पांच लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं अगर आपके आसपास के पांच लोग पच्चीस हजार रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप दो लाख रुपए महीना कमा सकते आप पच्चीस हजार ही कमाएंगे महीने का आप कितने कलाकार होने ना हो हाँ अगर आपके आस पास के पांच लोग आपके दोस्त एक लाख रुपए महीना कमाते हैं मैं चैलेंज कर सकता हूँ छह महीने के बाद आप एक लाख रुपए संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं आगे बढ़ते हैं अब ये आपको घूमना पड़ेगा कैसे लोगों के बीच आपको रहना आप नाइकों के साथ नब बैठे दोस्तों हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हों जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता आप लोग उनके साथ बहुत ही खुश महसूस करते हो तो अब आप लोग कहोगे कि मेरी संगत तो अच्छी है तो मैं क्यों कुछ नहीं बन पा रहा दोस्तों सिर्फ अच्छी संगत होने से कुछ नहीं होगा बल्कि आपके आसपास के लोगों में कुछ ऐसी क्वाल्टी होनी चाहिए जिनसे आप लोग उनसे कुछ अच्छा सीख सको और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सको इसीलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको आपके दोस्तों को छोड़ना चाहिए बल्कि आपको कुछ ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचा सके